nak ruk chale kat to latak matak londo ke desh patak patak se chale atak atak atamaachi satak satak tera kothe ka है ऐसा वाई